रीवा के मनगांवा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया कमलनाथ का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई के लिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा जिम्मेदार है मिशन 2023 को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अब कमर कस चुकी है इसी के चलते रीवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंडल सेक्टर और बूथ इकाइयों की बैठक ली और जन आक्रोश रैली में शामिल हुए उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया उन्होंने कहा कि 2000 साल पूर्व से बनी हुई हमारी संस्कृति पर आक्रमण किया जा रहा है आज हमें चुनना पड़ेगा कि क्या हम नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चलें या फिर संस्कृति की राह पर चलें। 15 साल बाद हमारी कांग्रेस बनी थी लेकिन हमें ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने दिया था जो बेरोजगारी किसान आत्महत्या महिला अत्याचार भ्रष्टाचार में नंबर वन इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार आरोप कई आरोप लगाए और यही चुनौती हमारे सामने जिस प्रकार हमारे संस्कृति पर आक्रमण किया जा रहा है आज किस प्रकार हमारे देश में जो 2000 साल से हमारी संस्कृति है इस पर आक्रमण किया जा रहा है आज तो हमें चुनना पड़ेगा और मैं तो ये नौजवानों कहना चाहता हूं भविष्य आपका है कि क्या हम मोदी के रास्ते में चलें या अपने संस्कृति के रास्ते में चलें? यह फैसला है प्रश्न बीजेपी और कांग्रेस का नहीं और यही संस्कृति को हम की रक्षा करें यही संविधान की हम रक्षा करें यह हमारे सामने चुनौती है हमारे प्रदेश की तस्वीर आप चलने सामने पंद्रह साल कांग्रेस तो की सरकार बनी थी पंद्रह साल बाद कांग्रेस तो की सरकार बनी थी 2018 में कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने ने मुझे सौंपा ऐसा प्रदेश शिवराज जी ने सौंपा या बेरोजगारी में नंबर वन किसानों की आत्महत्या हाँ में नंबर वन महिलाओं पर अत्याचार में नंबर वन भ्रष्टाचार में नंबर वन ऐसा प्रदेश हमें सौंपा और ऐसा प्रदेश सौंपा जहाँ कौन सी चुनौती नहीं थी हमने शुरुआत करी संगीत की लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक